ये देशा ते होरिया समर रतन हारता समर मोहि जरे राजा बर गुनाच तमरा रिपु जे वे

मन सीता

I'm on the lookout.

We're gonna take it to the sky.

ज्ञान पान ते ला जब बीत जा देना मर दे गणेश अथ तो राम राम राम नाम गुण गौरी बीत जा दे